आज तू एग्जांपल में नहीं अपनों में शामिल होता आज तू एग्जांपल में नहीं अपनों में शामिल होता जितना अच्छा तेरा दिखावा था अगर इतना अच्छा तेरा दिल होता तब तो कुछ भी नहीं है इसीलिए छोटी छोटी बातों पे बार बार लड़ेगी और जिस दिन कामयाब हो गया ना मिलने के लिए भी आधार कार्ड लेके कतार में खड़ेगी बेशक मेरे यार शराबी है उन जैसा तो मैं हो नहीं सकता मेरे माँ पापा का सर झुक जाए ऐसे शौक मैं नहीं रखता मैं मदद करके एहसान नहीं जताता और बात रही बदल जाने की मैं अभी भी पहले जैसा हूँ बस अब फालतू लोगों को मुंह नहीं लगाता पंगा सही लिया तूने बस आदमी गलत चुन लिया तेरा आया। जब सब सो रहे थे आ? हम जाग रहे थे, जाग रहे किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। आ? कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे लोग कहते हैं वक्त आने पर बताऊंगा मैं कहता हूँ अभी आ जाओ जिसे आना वक्त तो मुसाफिरों का होता है जना हमारा तो पूरा जमाना है अरे हम मर्जी के मालिक हैं हमें मत कुछ कह और जो कदमों में ना रखी हो ऐसी कौन सी है कहते यहाँ तो जीत नहीं पाएगा भाई ओ, जिस टीम से तू खेल रहा है ना उस टीम का कोच हूँ मैं हर जगह सफाई देने की जरूरत नहीं कुछ लोगों की नजर में हम बुरे ही अच्छे हैं कहा था ना मेरी जान तुम बदले तो कुछ नहीं अगर हम बदले तो माहौल बदल देंगे वक्त बुरा क्या हुआ कि लोग मुझे शिकार और खुद को गिदड़ समझने लगे वक्त बुरा क्या हुआ कि लोग मुझे शिकार और खुद को गिदड़ समझने लगे और अभी मैं टूटा हुआ ही था मगर हारा नहीं कि अभी टूटा हुआ ही था मगर हारा नहीं और ये जमाने के घमंडी लोग मुझे नोच कर खाने लगे मगर सुनो